चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तो चंद्रयान मिशन नहीं फेल हो गया अब दूसरी मर्तबा देखें ना इंडिया वो के जिसने बताया के भाई के अंदर पानी है, अगर आप देखे तो मंगलियान जिनका मिशन था वो, हाँ, हाँ वो उन्होंने जो बहुत कम पैसों में जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर किया था अभी उसका धटका नहीं पाकिस्तान चंद्रयान एक की विफलता के कारण पाकिस्तान ने भारत का काफ़ी मजाक उड़ाया था और काफ़ी खिरखिरी हुई थी भारत की लेकिन तो भारत ने इन सब चीज़ों से दरकिनार करते हुए खुद को इस्टैब्लिश किया और चंद्रयान टू का सफल परीक्षण 2022 में किया उसी के साथ 2023 की शुरुआत में भारत ने एक ऐलान कर दिया कि जून तक के दो में वो चंद्रयान थ्री का भी सफल परीक्षण करने जा रहा है तो यही बात सुनकर पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी है इसके बारे में पाकिस्तानियों के रिएक्शन आगे देखते हैं इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो अगर पसंद है, तो जै चंद्रयान तो थ्री लॉन्च करने जा रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अभी जो पीछे चंद्रयान टू लॉन्च किया था अभी उसका धटकाश हो रहा एज अ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे कहेंगे कमाल करते हो पांडे जी <laughs> जबरदस्त यार स्पेस टेक्नोजी स्पेस इंफॉमेसन स्पेस की नॉलेज किसी भी कंट्री के लिए कितनी जरूरी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्पेस टेक्नोजी के अंदर काम कर जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल के फिर उसके अलावा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से फिर आपकी साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट कर जाती है आपकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी रिलेट कर जाती है क्योंकि ये सारी टेक्नोजी आपस में इंटरलिंक हैं तो जब सारी करती है तो आपकी वो हर साल हर महीने हर रोज हर रोज पब्लिक को देखे ना कितने बड़े तोहफे देते हैं भाई इंडिया ने शुरू कहाँ से किया था एक साइकिल पर वो अपने मिसाइल को लेकर जाए थे रॉकेट को भाई वो स्पेस में जाएगा तो इस चीज को जब शुरुआत ऐसी है तो अभी देखे ना एंड पे अभी इसराइल और यूई ने मिलकर ये मतलब के फैसला किया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को जो स्पेस एजेंसी है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर तो सुपरपावर बना देंगे मिलके तो कैसे देखते हैं हम इंडिया के साथ दुनिया को फिल्म की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को वैसे भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि सपोर्ट करता है उनका वो एक आप कह लें आए है कि हर फील्ड के अंदर वो आपस में मिल काम कर रहे होते हैं उसके अलावा अगर बात की जाए अभी आप यू की बात कर रहे हैं तो यू और उनकी भी आपस में काफ़ी कोलाबोरेशन चलती रहती है इंडिया वगैरह की तो इस सवाल ये वाली खबर मेरे सामने नहीं है कि यू ए और इंडिया दोनों ने कहा है कि हमीन इसको जो है वो स्पेस का मतलब एक मास्टर बनाएंगे तो मतलब अगर वो बन जाता है तो मेरा तो ख्याल अभी भी वो मास्टर अगर नासा के बाद देखा जाए तो इसरो सबसे आगे आ रही होती है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उनकी वो खबर आ रही होती है कि भैया ने ये कर दिया आज ये वाला रॉकेट लॉन्च किया है आज ये वाला मिजाइल बना लिया फिर इसके बाद हमने अपना इंजन बना लिया ये कर लिया वो कर लिया स्पार्क कहीं भी नहीं नजर आ रहा होता क्या वजवाद है कि हम इस स्पेस टेक्नोलॉजी को या आई को भी कुछ नहीं समझते हम फिर किस चीज़ को सब कुछ समझते हम पॉलिटिक्स को सब कुछ समझते हैं इसी वजह से डाउनफॉल पे जा रहे हैं। जब तक हम पॉलिटिक्स को अपनी पार्लियामेंट को हम यही सोचते रहेंगे कि आज किसकी आएगी, कल किसकी जाएगी जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो, इस तरह की तरक्की कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान स्पार्को का तो मेरा नहीं ख्याल आगे अभी कोई फ्यूचर है अगर वैसे देखा जाए तो स्पार्को ने जो है वो है। है इंडिया से पहले अपना स्पेस में रॉकेट भेजा था लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इसरो जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई और पाकिस्तान के वही एक रॉकेट भेजा है उसके बाद चाइना की मदद मतलब से रॉकेट भेजें अपना कोई रॉकेट नहीं भेजा हमने बिल्कुल सही है